ढोड़ी पे रिसर्च जितना ओयो में नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा हमारे भोजपुरी सॉन्ग में हुआ और लगातार एक सालों के रिसर्च के बाद पता चला कि देवरा ढोड़ी चटना <laughs>